नमस्कार दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में देख सकते हैं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना का वेबसाइट हम खोल चुके हैं और जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक नया प्रॉब्लम आ रहा है नया प्रॉब्लम क्या है आप सभी लोगों को दिखाने वाले आज की इस आज की इस वीडियो में तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट देखिएगा देखिए सबसे पहले प्रज्ञा केंद्र लॉग पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लिंक आ जाता है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करने का आता है न्यू जो रजिस्ट्रेशन करना है उसका यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आधार नंबर एक फिल करना है ठीक है तो हम यहाँ पे एक आधार नंबर फिल कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पे फिल करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा यहाँ पे देखिए कुछ कुछ इस तरह का आ रहा है हमारे सामने कुछ इस तरह का हमारे सामने आ रहा है ठीक है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और कुछ एयर लिखा हुआ आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आज से हो रहा है ठीक है चलिए यहाँ पर इसको पूरा करते और देखते हैं कि क्या हो पाता है या फिर नहीं हो पाता या फिर क्या इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा या फिर नहीं होगा या फिर किस तरह से होगा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए हम यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ते हैं देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई अगेन करके आते हैं और कुछ इस तरह से ईरर का वेबसाइट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण हो रहा है यानी कि कॉल हम कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और आज से सवेरे से प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है जैसे ही इसका कुछ सोलूसन निकल करके आता है आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे और अगर आप सभी लोगों को किसी को ये वीडियो का प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम जो पता है आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आने वाले वीडियो में बहुत ही जल्द आपको बताने वाला हूं इसका प्रॉब्लम को सॉल्व को आप किस तरह से करना है और किस तरह से आप नए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे झारखंड राज्य फसल राहत में आप जो भी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है उसी का आवेदन हो रहा है अभी और झारखंड राज्य फसल राहत योजना के वेबसाइट से ही सारा कुछ चीज़ें हो रहा है ठीक है लेकिन आप देखते हैं फिर ट्राई करके कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम आगे जाते हैं फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का आता लिखा हुआ फील्ड द कनेक्शन आधार गेटवे वे फ्रिज ट्रैगन ये तो पहले से भी आ रहा था परसों कल का पहले से आ रहा था लेकिन जो नया प्रॉब्लम है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का नया प्रॉब्लम ये नया प्रॉब्लम आ रहा है निकल करके तो चलिए दोस्तों जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है आप सब लोगों को बताएंगे तब तक के लिए मजा दीजिए बाय